जलालुद्दीन खिलजी बारह सौ नब्बे ने हमीर पर दो अटैको करता है, फिर एक करता है दोनों बार हार का एक के को है जलालुद्दीन अटैक कर Second वाले में जो कहते हैं जलालुद्दीन खूब दिन तक बाहर आके बैठा रहा था और उसे लगा कि नहीं यार मैं हमीर को हरा के ही आऊंगा कितना ऊंचाई पर बना हुआ था तो, तो तो। जलालुद्दीन की पार नहीं पड़ी फाइनली जब जलालुद्दीन को लगा कि हार जाएंगे यार पार नहीं पड़ रही तो उसने एक दिन अपनी सेना का कैंप उठाओ वापस दिल्ली चलते हैं। जब आया था तब बहुत जोश के साथ आया था नहीं इस बार तो जीत के आएंगे सबको सोग ने खिला खिलाया था इस बार वापस नहीं आएंगे अपने पिछली बार भले हार नहीं आएंगे इस बार जीत के आएंगे क्या बात हुई आपने कहा था किला जीत के आएंगे बिना किला जीत के नहीं आएंगे उसने कहा ऐसे दस किले इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए मेरे लिए मेरा एक, एक मुस्लिम सोल्जर इंपोर्टेंट है उसका बाल भी बंका नहीं होना चाहिए मेरे मुस्लिम सैनिक मर रहे हैं? और नहीं मैं ऐसे मेरे मजहब के सैनिकों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता किला को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूं। ऐसा ने कहा था। कब कहा था? जब वो रनथम हार गया था किसियानी बिल्ली खंबा नोचे कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़े तो उसने दूसरा हमला जब उसका विफल हुआ तो उसने ये कहा था लिखा हुआ मैं ऐसे दस किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता किले मतलब कि मैं ऐसे दस किले भी मुझे देते हो और यदि मेरे मुसलमान सैनिक मरते हो तो नहीं मुझे मेरे भाइयों को बचाना ज़्यादा जरूरी कुल मिला के वो अपनी बेजती को कैसे कैसे करके कम्पनसेट करना चाहता था कि नहीं साहब मैं तो इसलिए जा रहा हूँ देखो तुम्हारे लिए जा रहा हूँ बाकी किला तो जीतने के लिए आए थे यहाँ पे ताकि ज्यादा बेजती नहीं है पर लोग तो मनी मन से वहाँ देख लिया यार वहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो याद रखना जलालुद्दीन के दो बार इसने जलालुद्दीन के हमले को विफल कर दिया था